तेरी तेरी तेरी का मां का फोन है फोन बहन बहन की की टांग टूट गई टांग अरे जी रहा हूँ लेकिन जिंदगी झंड लग रही है दो दो जैकेट पहना पहनाऊ फिर भी ठंड लग रही है दारू गंदी चीज है क्यों इसे टेस्ट करें दारू गंदी चीज है क्यों इसे टेस्ट करें और ठंड में नहा के क्यों पानी वेस्ट करें आए, आए, आए. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> आज तेरा चलान कटेगा लेकिन सर मैंने तो हेलमेट पहन रखा है हेलमेट तो पहन रखा है साले लेकिन स्वेटर कहाँ है इतना ठंड में बिना स्वेटर का घूम रहा है चल था <laughs> <laughs> मैं जा रहा हूँ साहब मैं जा रहा हूँ अरे हमने तो कुछ नहीं। हम जाएंगे। जाओ <laughs> अरे भाई ये क्या कर रहा है नहा रहे। अरे भाई मत ना पानी बहुत ठंडा है अबे हमको ठंडा ऊंडा नहीं लगता है हम तो रोज ठंडा पानी सुनाते हैं तू साला सारा को भाई आज तो तेरा जन्मदिन है क्या खिलाएगा हम बहुत छोटे लोग हैं हम बहुत मामूली लोग हैं हमारे पास पैसा नहीं है अरे भैया अरे भैया आप भैया आप इतना दिन ऐसी कहा अरे थोड़ा बहन का शादी में गए थे चाइना अरे भैया देखिए ना आप इतना दिन से नहीं थोड़ा यहाँ पे तो ये लोग साला कॉलेज बुला बुला के एग्जाम ले रहा भैया oh no. बस बस रे बास, अब ना टेंशन ले थे। hey. अब कोई साला कॉलेज नहीं जाएगा एग्जाम देने सब घर से एग्जाम देगा ऑनलाइन थी। <laughs> <थी। laughs> प्रिया उर, प्रिया पूजा पूजा उमर गर्ल फ्रेंड लगा क्या चाहिए बे तेरे को दुनिया ये ले ले हम तीनों लोग मिलकर के शपथ लेते हैं हम तीनों लोग मिलकर शपथ लेते हैं कि जैसे दो हजार में मिलजुल कर रहते थे कि जैसे दो हजार में मिलजुल कर रहते थे वैसे ही 2023 में वैसे ही 2023 में मिलजुल करके अपना समय बर्बाद करेंगे मिलजुल अपना समय बर्बाद हमको 2023 में समय नहीं बर्बाद करना है शादी करनी है तो यहाँ <laughs> <laughs> <laughs> भाग भाग कहाँ तक भाएगा? अगर किसी और की हुई तो मैं तेरी छोटी वाली बहन को बटा लूंगा लेकिन भाई वो तो मेरी है भूल जाओ नहीं भूल सकता मैं उसे भूल गया भाई बिछा दू मैं लाशे वो आप क्या कहना चाहेंगे इतनी ठंडी क्यों है? आ, आ, अब जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे तो ठंडी बढ़ गई भाई हम पूछ रहे बेकूफी वाली बात सवाल कर रहा हूँ हिमालय में जो है बर्फ घिस दी है कि सर्दी बढ़ गयी अरे भाई हमें क्या पता है सर्दी सर्दी हर जगह बढ़ो रही है हम का हम ही जिम्मेदार है तुम हमसे पीछे पड़े हुआ यार जनता भा है भाई कोंची वाय हम बचपन से करते आ रहे बेटा रेल जब भी कोई नया साल आया है ना बे तीन सौ पैंसठ दिन से ज्यादा नहीं टिकायाजल काजल धीमे हाँ ऑफिस में हो क्यों क्या हुआ हमारी पड़ोस भाग गई थी इसलिए पूछा वागल वागल है क्या एक जमाना था जब प्यार एक तरफा दो तरफा होता था अब चारों तरफा होता है दोस्तों ठंडी शुरू हो गई है और आज हम आप लोग को ठंडी के फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा ठंडी का फायदा यह है कि गर्मी नहीं लगती तुम मेरी ना हो सकी तो क्या हुआ मैं तुम्हारे बच्चों को पैसे देकर खुद को पापा बुलवाऊंगा जो दीवाना नहीं ए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो, तो कर ना!